स्वागत करता हूँ डीजी की ओर से एक नया कोर्स लॉन्च किया गया है जो कि आईटीआई कैंडिडेट्स तथा डिप्लोमा कैंडिडेट्स तथा सीआईटीएस तथा बीटेक सभी कैंडिडेट्स इस कोर्स को कर सकते हैं आपको इस कोर्स को कैसे अप्लाई करना है अब मैं यहाँ पर पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दूंगा इस कोर्स के बारे में इस कोर्स का नाम है ए एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल ऑन आईटी नेटवर्किंग एंड क्लाउड 2022 सेशन कोर्स रजिस्ट्रेशन विल बी ओपन 6 चार 2022 इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन 6 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो रहा है और अब हम इसकी ऑफिशियल साइट में चलेंगे क्लिक हियर विजिट साइट्स इसको आपको किस साइट से भरना है निमी ऑनलाइन एडमिशन साइट है अब हम यहाँ पे करेंगे क्लिक हियर टू विजिट साइट्स इस पर क्लिक करते ही आपको इस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल कोर्स इन आईटी नेटवर्किंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या क्वालिफिकेश मांगी गई हैं और क्या सारा प्रोसेस देखिए एलिजिबिलिटी 10, टल्थ सेकेंडरी पास एन मतलब आई टी आई एन सी बी टी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन रिलेवेंट ट्रेड ऑफ एनी वन ईयर या टू ईयर ट्रेड विथ मिनिमम 60% परसेंट मार्क फर्स्ट क्लास कैंडिडेट पर स्विंग सी डी एस इन एन एस टी आई आई टी आई आर अपियरिंग इन देयर फाइनल एग्जाम कैन ऑल्सो अप्लाई प्रोवाइडेड दैन शुड हैव स्कोर्ड ए मिनिमम 60% परसेंट मार्क्स इन देअर सी डी एस ट्रेन इन केस ऑफ नॉट सेफाइड द मिनिमम सिक्सटी परसेंट मार्क नॉट बी अलाउड फॉर कॉन्टिन्यू दि कोर्स मतलब साठ परसेंट से कम मार्क्स वाले इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हैं क्लास ट्वेंथ पास सिक्सटी परसेंट मार्क्स चाहिए क्लास टेन इसके बाद में रेगुलर एनी रेगुलर डिग्री फॉर्म रिकोनाइज यूनिवर्सिटी 60 परसेंट मार्क्स मतलब आईटीआई कैंडिडेट भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिप्लोमा कैंडिडेट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसके बाद में ग्रेजुएशन कैंडिडेट भी इसमें पास कर सक पार्टी पार्टिसिपेट कर सकते हैं मदर मतलब, इन लोगों को सिक्सटी मार्क्स पास होना चाहिए तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अब हम देखेंगे इस कोर्स में आगे क्या क्या चीजें हैं सबसे अच्छी चीज क्या है कि इस कोर्स को करने पर आपको गवर्नमेंट स्टेपन दे रही है ये एक ऐसा कोर्स लॉन्च किया गया है जिसपे आपको कोर्स करेंगे प्लस आपको सैलरी भी मिलेगी स्टेपन के तौर पर सबसे पहले क्या दे रहा है स्टेपन में ए स्टेपन ऑफ रुपीज पर मंथ विल बी प्रोवाइड बाई आई एस पेट स्टेंट इंटर्नशिप फॉर द टॉप सेवेंटी स्टूडेंट बेस्ट ऑन द मेरिट फॉर द न्यू बैच फ्रॉम नेक्स्ट अकेडमिक सेशन ऑनवर्ड फॉर फैक्ट टू द फेस इंटर्नशिप इन बंगलोर मतलब आपका ये जो रिटर्न के द्वारा सिलेक्शन किया जाएगा टॉप में जो सत्तर स्टूडेंट्स आएंगे उनका कोर्स भी होगा उसके बाद मैंने फिफ्टीन थाउजेंड पंद्रह हजार पर मंथ कंपनी देगी भी नेक्स्ट रिमोट पार्टनर मतलब जिन कैंडिडेट मान लिया ये सत्तर कैंडिडेट के अलावा ये टॉप के कैंडिडेट जो आएंगे उनको पंद्रह हज़ार पर मंथ मिलेगा और जो उससे ब्लो आएंगे उनको फाइव थाउजेंड पर मंथ के हिसाब से मिलेगा कोर्स दो साल का है नेक्स्ट थ्री थाउजेंड पर मंथ देगी कंपनी. इन्होंने ऐसा यहाँ पे बोला गया है जो टॉप में सत्तर बच्चे आएंगे उनको पंद्रह हजार जो उससे नीचे आएंगे ब्लो में उसको फाइव थाउजेंड पर मंथ जो बिल्कुल मिनिमम लेवल के आएंगे एवरेज में उन सभी को तीन पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा नेक्स्ट है प्लेसमेंट IBM बी एम एंड इट्स चैनल पार्टनर विल बी प्रोवाइड द प्लेसमेंट सपोर्ट द स्टूडेंट पोस्ट कंप्लीशन ऑफ द कोर्स प्लेसमेंट विल बी बेस्ड ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड मेरी ड्यूरिंग द कोर्स वर्टिकल मोबलिटी आई बी एम विल बी ऑल्सो वर्क ऑन वर्टिकली मोबलिटी फॉर द स्टूडेंट पासिंग द एडवांस डिप्लोमा कोर्स वी वोकसनल सिमिलर कोर्स ऑफर द पार्टनर यूनिवर्सिटीज ये तो हो गई किन किन कैंडिडेट्स को अप्लाई करना है इसमें क्या फैसलिटी है अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिए रजिस्ट्रेशन इस्टार्ट 6 अप्रैल दो हज़ार बाईस से रजिस्ट्रेशन क्लोज बीस 20 अप्रैल दो हज़ार बाईस Exam Center for ए Diploma Admission 2022 टी डिप्लोमा एडमिशन दो हज़ार बाईस ये एग्ज़ाम के सेंटर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं फोर्टी एग्ज़ाम के सेंटर हैं अब हम इसका नोटिफिकेशन देखेंगे पूरा जो कि पी डी एफ फॉर्म में होगा इसी साइट के ही सबसे पहले हम आएँगे कोर्स फीचर डाउनलोड प्रोस्पेक्ट्स फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी अब मैंने ये नोटिफिकेशन डाउनलोड किया अब जो चीज़ें आपको मैं भी नहीं बता पाया हूँ वे मैं आपको इस प्रोस्पेक्ट्स के द्वारा सारी चीज़ें क्लियर करा देता हूँ ये रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेनोशिप डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल आई नेटवर्किंग क्लाउड कंप्यूटिंग एन एस क्यू लेवल सिक्स तहत ये कोर्स लॉन्च किया गया है अब हम देखेंगे आगे ऑब्जर्वेशन एआईसीईटी के द्वारा एनएसटीआई एनसीबीटी सी टी आई सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं सारी क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया हुआ आपको एज की लिमिट क्या है कम से कम 17 साल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम एज की लिमिट नहीं है इंट्रेंस एग्ज़ाम की फीस है जनरल और ओबीसी बी कैंडिडेट की पाँच सौ रुपए एस सी की थ्री हंड्रेड है एग्ज़ाम का पैटर्नस क्या है 100 क्वेश्चंस आएंगे 80 परसेंट क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस के होंगे जो कि रीजनिंग मैथ जनरल नॉलेज इंग्लिश कंप्लीस और ट्वेंटी परसेंट आपके कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे इस कोर्स को आप करेंगे तो इसकी टोटल फीस जो दिखा रहा है जर्नल और ओबीसी की 3,025 रुपए है टोटल चार्जेस मिला के एस की अठारह रुपए है पूरा चार्जेस मिला करके इतना आपको पेड करना पड़ेगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है रिटर्न में आपको लिंक किस करना है आपको यहाँ पे पीडीएफ डी आपको मिल जाएगी ऑफिसियल साइट मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से अप्लाई करना है लास्ट डेट फॉर रिसीविंग 20 अप्रैल 2022 हजार बाईस हॉल टिकट आपका डाउनलोड होगा 28 चार 2022 को आपका एग्जाम कब है देखिए पूरा यहाँ पे देख लिया स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन 6 अप्रैल से क्लोजिंग 24 अप्रैल मॉक एग्जामिनेशन टेस्ट 24 चार को हॉल टिकट आपका डाउनलोड होगा 24 अप्रैल से 28 अप्रैल तक और सी बी एग्जाम होगा 28 अप्रैल 2022 को और रिजल्ट पब्लिश होगा 9 मई 2022 को अब हम देखेंगे एग्जाम सेंटर फॉर ए डिप्लोमा एडमिशंस। देखिए, जहां पे एग्जाम होना है ये एग्जाम के सेंटर आपके सामने 40 दिख रहे हैं यहां पे आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और ये ट्रेनिंग होनी है लिस्ट ऑफ़ द एन कंडक्टिंग टी एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल कोर्स ये जो बाईस एन एस इनमें ये कोर्स कराए जाएंगे टोटल ट्वेंटी टू एन आई हैं, इसमें मेन मैं आपको बता दे रहा हूँ कानपुर भी है इलाहाबाद बंगलौर, भुवनेश्वर कलकटक चेन्नई देहरादून हावड़ा हैदराबाद हैदराबाद के बाद में आ गए इंदौर जयपुर जोधपुर कानपुर कोलकाता लुधियाना मुंबई नोएडा पानीपत पटना तिरुवंतपुरम इस तरीके से बाईस सेंटर्स में ये कोर्स कराया जाएगा ये फर्स्ट टाइम ये कोर्स लॉन्च किया गया है जो भी कैंडिडेट से करना चाहें खासकर मेरी मेरी सलाह है जो भी कैंडिडेट आईटीआई पास हो चुके हैं वो इस कोर्स में पार्टिसिपेट करें और इसे फॉर्म को फिल करें अब इसे अप्लाई किस तरीके से करना है आपको निम्मी ऑनलाइन के पोर्टल पर आना है इसके बाद में रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करते आपको क्लिक हीयर टू रजिस्टर पर क्लिक करना है इसके बाद में आपका पेज पूरा ओपन हो जाएगा अब इसमें जो जो चीज़ें मांगी जा रही हैं आपको सारी चीज़ें फिल कर देनी है रजिस्ट्रेशन फॉर आईबीएम बी एडवांस डिप्लोमा कोर्सेस जी जिस कैंडिडेट को पार्टिसिपेट करना है वो 20 अप्रैल से पहले पार्टिसिपेट कर ले इसमें फॉर्म को फिल कर दे आपका एग्ज़ाम होगा उसके बाद में अगर आप एग्ज़ाम में पास होते हैं तो आपकी रैंक हिसाब को आपको स्टेपेंट दिया जाएगा और आपका कोर्स भी कम्प्लीट हो जाएगा